तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आयो बाप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह मैं एक कंटेंट और लेकर के हूं फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं तो मेरे पास एक सैमसंग का A51 मॉडल है जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास सैमसंग का A51 मॉडल है आप यहाँ पे देख सकते हो तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे इसकी दिक्कत आ रही है न्यू अपडेट के कारण कि ये आ, हमारा हार्ड सेट नहीं हो रहा है या आपको सही वे से पता नहीं चल पा रहा है फ्रेंड तो मैं इसकी हार्ड सेट आपसी भी ये मैं ए नहीं मान कर चली आप किसी भी सैमसंग में आप ट्राई कर सकते हैं लेटेस्ट फ़ोन में अगर आपका लेटेस्ट फ़ोन आपका पर ये जो फ़ोन है ये ए मॉडल है जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ और ये सारी चीज़ें मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें आप वीडियो में बने रहेंगे मैं फ्रेंड मैं आगे चल के इसकी एफआरपी की बाईपास वीडियो भी डालने वाला हूँ तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न को हटाएंगे हटाएँगे हार्डसेट करेंगे फ्रेंड तो अगर आपको हार्ड सेट आप कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो आप हार्ड सेट के लिए तो इसको हार्ड सेट में अगर आपको दिक्कत आ रही है फ्रेंड तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप करते आए हुए हैं फ्रेंड्स कि अगर आप पहले तो ऑफ़ कर रहे हैं तो पावर की को हमने प्रेस किया हुआ है तो पावर की को हमने प्रेस किया हुआ है तो यहाँ पे ये यह हमारा नहीं आ रहा है तो आप इसे डाउन करते हैं आप यहाँ पे भी जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अगर पावर ऑफ ऑफ़ करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा पावर ऑफ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है इन सिक्योरिटी के कारण तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करते हैं कि वैल्यूम डाउन मैं इसलिए वॉइस के साथ बनाता हूँ फ्रेंड्स जिससे भी आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाए क्योंकि कुछ लोग कुछ इंडिकेट करते हैं और वीडियो में मैं अपने वीडियो में पूरे वॉइस के साथ वीडियो बनाता हूँ हर एक वीडियो तो आप जाकर के और भी हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं तो चलिए इसको वैल्यूम डाउन और पावर की हमने प्रेस किया हुआ है फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो एक साथ ये देखिए वैल्यूम डाउन और पावर की को हमने एक साथ प्रेस किया हुआ है तो ये हमारा आ चुका है और ये हमारा फ़ोन अभी आ, स्विच ऑफ हो जाएगा आपको प्रेस करके रखना है तो देख सकते हैं फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा और फिर उसके बाद जैसे ही स्विच ऑफ़ होता है तो उसके बाद आपको वैलूम अप और पावर की को दबाना होता है और जैसे ही हमारा स्क्रीन आ जाएगा आपको अप दबाना होता है जैसा कि आपने पुराने वीडियो में पुराने मेथड में आपने इसको देखा हुआ है तो ये हमारा काम नहीं करता है फ्रेंड ये देख सकते हैं फिर से हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है तो इसको हम सही भी में आपको बताएँगे कि आपको उसको कैसे एक्चुअल में हार्ड सेट करना है वॉइस के साथ क्योंकि जो प्रोसेस था आपने काफ़ी सारे वीडियो देखा है वैलूम डाउन और इसको दबा करके रीसेट होता है फ़ोन रिस्टार्ट होता है तो जैसे ही हमारा रिस्टार्ट होता है तो फिर आप उसको अब दबा देते हैं और हमारा रिकवरी मोड पे चला जाता है तो फ्रेंड्स अगर आपका ये नहीं जा रहा है तो आपके लिए सारा देखिए हमारा फिर से फ़ोन ऑन हो चुका है तो वीडियो को लास्ट टाइम तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप हमारे वीडियो को वॉच करिए तब जाके आपको समझ में आने वाला है तो अब इसमें करना क्या है फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर के थ्रू आपको कंप्यूटर के थ्रू डाटा केबल से लगा देना है जैसा कि मैं अभी लगा देता हूँ तो फ्रेंड आपको ये देख सकते हैं मैंने कंप्यूटर के थ्रू बाया कंप्यूटर के थ्रू डाटा केबल लगा दिया है अब वही सेम प्रोसेस फिर से करना है फ्रेंड तो सेम प्रोसेस करने के लिए फिर से आपको क्या करना है अब ये जो प्रोसेस आप कर रहे थे फ्रेंड्स आपका नहीं हो रहा था तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है अब आपको करना क्या है वही सेम प्रोसेस फिर से करना है वैल्यूम डाउन और होम बटन वैलूम डाउन और पावर की को एक साथ प्रेस करना है जैसे रिस्टार्ट होगा आपको फ्रेंड अब बटन को क्लिक कर देना है तो जैसे हमारा ये रिस्टार्ट हुआ हमने यहाँ पे अप बटन को क्लिक कर दिया यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग का आइकन आपको आ जाना चाहिए अभी प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड हमारा ये फोन ऑफ हो चुका है पहले आपने डाटा केबल से लगाया तो वो फोन हमारा ऑफ नहीं होता था देख सकते हैं ये हमारा चार्जिंग लोगो पे आ चुका है आप यहाँ पर देख सकते हो पहले फोन आप जैसे ही उसको करते थे वैल्यूम डाउन और होम बटन वो हमारा रिस्टार्ट हो जाता था पर अभी आप देख सकते हैं चार्जिंग का सिंबॉल आ चुका है अब आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड वैल्यूम अप और पावर की को एक साथ प्रेस करना है तो जैसे कोई स्क्रीन आएगा तो आपको पावर बटन को छोड़ देना है हमने देखिए दोनों बटन को एक साथ प्रेस किया हुआ है अब जैसे ही स्क्रीन आएगी तो हम पावर बटन को छोड़ और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अब ये फोन रिकवरी मोड पे चला जाएगा अभी ये रिस्टार्ट नहीं होगा फ्रेंड्स बहुत इजी तरीके से हमारा ये हो जाएगा तो देख सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से वन क्लिक में एक बार में ही आ जाएगा आपने काफ़ी सारे वीडियो देखा है फ्रेंड्स की आ, हमारा नहीं होता है और काफी सारी चीज़ें यहाँ पर करनी होती है काफी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं नहीं होता है आप वॉइस के साथ क्योंकि नहीं रहती है तो अब इसे हमें करना है क्या है फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर जाना है वाइफ डाटा वाइफ डाटा फैक्ट्री रिसेट अब आपको यहाँ पे वाइफ डाटा फैक्ट्री रिसेट पे कर देना है और यहाँ पे कर देना है फैक्ट्री रिसेट तो आपका ये देखिए प्रोसेस अब आप आपका पैटर्न हट जाएगा फ्रेंड्स अब आप चाहे तो डाटा केबल भी निकाल सकते हैं तो मेन जो आप प्रोसेस कर रहे थे वही प्रोसेस आपको चार्जर के थ्रू नहीं करना है फ्रेंड वो प्रोसेस आपको एक लैपटॉप के माध्यम से करना है तब जाके आपका प्रॉपर वे में हो जाएगा तो ये देख सकते हैं हमारा हार्ड डिस्ट हो चुका है अब इसमें सिंपल तरीके से कर देते हैं रिबूट अभी ये रिबूट हो जाएगा और हमारा जो पैटर्न और पासवर्ड था वो बहुत ही ईजी तरीके से रिमूव हो जाएगा तो ये हमारा सैमसंग गलेक्सी ए आप और भी ऐसे लेटेस्ट फ़ोन को आप कर सकते हैं फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं तो अभी हमारा फोन बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा तो अभी थोड़ा सा हार्ड हार्डसेट हुआ है तो बूट करने में टाइम लगेगा फ्रेंड तो जैसे ही बूट हो जाता है तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ बाकी बेसिकली हमारा ये हार्ड सेट हो चुका है और अब थोड़ा सा टाइम लगेगा बूट होने में और जैसे ही बूट हो जाएगा तो ये फ्रेंड एफ पे चला जाएगा तो अब नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी एफ बाईपास से वीडियो बनाने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट इंट तक आप जरूर देखिएगा तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा अगर ये ट्रिक आपको थोड़ा सा वॉइस के साथ अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ट्रिक आपको कैसी लगी फ्रेंड्स तो फाइनली गाइज ये देखिए हमारा हार्ड सेट हो चुका है हंड्रेड परसेंट सक्सेसली अगर आपको ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो वाइज के साथ तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा अब इसमें एफआरपी लगी होगी फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसमें एफआरपी भी हम इसकी बाईपास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप इसको बने रहे वीडियो में मैं इसकी बहुत जल्द ही बाईपास की वीडियो डालूंगा जिसमें आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से देख सकते हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लोगे प्रॉपर तरीके से फ्रेंड और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच